हाय मैं इसमें आज हम बात करेंगे अनुसार अगर आपको आयुर्वेदिक मेडिसिन बनानी है आयुर्वेदिक मेडिसिन को अगर हम रोड ट्रम में ले जाए तो आयुर्वेदिक यूनानी सीधा मेडिसिन कोई भी मेडिसिन अगर आपको बनानी है तो उसको बनाने से पहले आपके पास एक वैलिड आयुर्वेदिक यूनानी या सीधा मोनुफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए और जिस प्रोडक्ट को आप बनाने जा रहे हैं उसकी अप्रूवल भी आपको होनी चाहिए पहले तो आपके पास एक मनुफैक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए और मोनुफैक्चरिंग लाइसेंस के साथ फिर आप जिस प्रोडक्ट को बनाना चाहता है वो भी आपको आयुष डिपार्टमेंट से उस प्रोडक्ट के क्या क्या इन्ग्रीडियंट आप उसमें डाल रहे हो किस तरह आप उसको बना रहे हो किस इंडिकेशन के लिए आप उसको कर रहे हो तो उसके हिसाब से आपको उस प्रोडक्ट की भी अप्रूवल लेना जरूरी है जब आपके पास मोनुफेक्चरिंग लाइसेंस होगा उस प्रोडक्ट की अप्रूवल होगी उसके बाद ही आप उस प्रोडक्ट को बना सकते हैं तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि आप कभी भी किसी आयुर्वेदिक मेडिसिन को यूनानी मेडिसिन को और सिद्धा मेडिसिन को घर पे नहीं बना सकते क्योंकि उसको बनाने के लिए उसको प्रॉपर, उसको बना के मार्केट में सेल करने के लिए आपके पास एक वैलिड मोनुफेक्चरिंग लाइसेंस होना चाहिए वो आयुर्वेदिक मैनुफैक्चरिंग लाइसेंस हो सकता है यूनानी मेडिसिन का मानुफैक्चरिंग लाइसेंस हो सकता है सिद्धा मेडिसिन का मानुफैक्चरिंग लाइसेंस हो सकता है तो आप उसको बिना मानुफैक्चरिंग लाइसेंस के नहीं बना सकते तो इसका मतलब है कि आप घर पे कोई भी आयुर्वेदिक यूनानी या सिद्धा मेडिसिन को नहीं बना सकते उम्मीद करते हैं ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी थैंक फॉर वॉचिंग